गुड मॉर्निंग मैं डॉक्टर नकेंदर तलोर मित्र हॉस्पिटल सीकर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ आज उनतीस सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और इसकी हर बार एक थीम होती है और इस बार की जो थीम है वो है डिजिटल हेल्थ यानी कि डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे मोबाइल है रिस्ट वॉच है टेली है उनका यूज करके कैसे अपन आम जनता में हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं उनके प्रवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं लगभग हर वर्ष एक करोड़ छियासी लाख लोग आ, हार्ट अटैक और डिजीज कार्डीजी के कारण एक्सपायर हो जाते हैं जिनमें हार्ट अटैक कोमन कारण रहता है और ये एक प्रवेंटेबल कोच है क्योंकि हार्ट के कुछ रेस्पेक्ट रहते हैं यदि अपन उनको समझें और उनको प्रॉपर मैनेज करें तो अपन काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से बच सकते हैं इनमें जैसे हाई ब्लड प्रेशर है शुगर है कोलेस्ट्रॉल है इनकी प्रॉपर मैनेजमेंट लें प्रॉपर कंसल्टेसन लें स्मोकिंग यदि अपन कर रहे हैं कोई भी तरह का नशा कर रहे हैं तो उसको अपन छोड़ दें और डेली अपना सात से आठ घंटे की स्लीप लें डेली फिजिकल एक्टिविटी करें तीस से लेकर पैंतालीस मिनट तक की फिजिकल एक्टिविटी करें इसमें साइकिलिंग जॉगिंग स्विमिंग रनिंग कोई भी एक एक्टिविटी अपन कर सकते हैं अपने मोबाइल में अपन कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो अपने किलोमीटर कितने स्टेप्स अपन चलते हैं कितने कैलोरी बर्न करते हैं वो सब उनमें कैलकुलेट होता रहता है डेली यदि अपन 8000 से 10000 तक स्टेप चलते हैं तो अपने शरीर अपने हार्ट के लिए और दूसरे मुँह के लिए फ़ायदेमंद रहता है तो इस हार्ट डे पे अपन अपने और अपने आसपास के लोगों को हार्ट प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करें उनके बारे में उनको बताएं उनके मैनेजमेंट के बारे में बताएं और डेली एक हेल्थी लाइफ को फॉलो करने के लिए एडवाइस करें धन्यवाद